जय शिव शंकर अभी हम त्रंबक में है जो महाकाल की नगरी है अब हम आगे बढ़ रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं महाकाल के दर्शन कराते लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अभी हम यहाँ के मार्केट में पहुँच गए हमें क्या था कि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण दर्शन करने का मार्ग बदला है जिसकी वजह से अब दर्शन करने के दो तरीके हैं पहला ये कि आप फ्री दर्शन की लाइन में लगकर भी दर्शन कर सकते हैं और दूसरा पेट दर्शन का विकल्प लेकर भी दर्शन कर सकते हैं ये आपकी चॉइस है तो हमने फ्री दर्शन करने का फैसला किया और आगे बढ़ गया मार्केट के ना चर्चा करिए समझ में आ गए कि कोरोना की वजह से मार्केट खाली पड़े और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी कम है लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ है तो कुछ लोगों ने नहीं लगाया हुआ है आप जरूर मास्क का प्रयोग करें ताकि आप सुरक्षित रह सके पर आगे बढ़ते हुए महाकाल के गर्भगृह के दर्शन की ओर अपना कदम बढ़ा रहे जैसे की आप देख ही रहे हैं की कि फिर कितनी ज्यादा है एक बात ध्यान देने वाली है कि फ्री की फ्री दर्शन की लाइन में आपको कम से कम 15 से 20 गुहे से बनी रैली को पार करना ही पड़ेगा जिसको पार करने में आपको कई घंटे लग सकते हैं इसके बाद ही आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं और वहीं दूसरी ओर आप पैद दर्शन का विकल्प लेकर मात्र ढाई सौ रुपये पर दर्शन देकर केवल 30 से 40 मिनटों में ही गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनली सारी रेलिंग को पार करते हुए अब हम इस पत्थर से निर्मित गेट के आगे गर्भगृह के दर्शन करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम गर्भगृह के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर हमें गर्भगृह देखने को मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अरे अभी तो और अंदर जाना है काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा अंदर जाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच गए और आप देख भी रहे हैं कि यहां पर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है अंदर काफ़ी भीड़ जमा हो गई है दर्शन करने के लिए जो कि आप देख ही रहे हैं अब हम भी जल्दी से दर्शन करते हैं वैसे अभी आपने टी स्क्रीन पर उसी गर्भगृह को देखा जो बच्चा नजर आ रहा है ये वही बच्चा है जिसका पैर लोहे की रैली में फंस गया है जो अभी खज रहा है बड़ा ही क्यूट है ना बच्चा फाइनली गर्भगृह के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं बहुत ही अच्छे से दर्शन करने को मिला हमें। बाहर से ये मंदिर और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मंदिर पूरा का पूरा काले पत्थरों का बना हुआ जैसा कि आप देख ही रहे हैं शाम के समय दुनिया लाइट्स में इस मंदिर का नज़ारा देखते ही बनता है करवरी के दर्शन करके हम मंदिर परिसर से बाहर जा रहे तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी भी हँसी छूट गई क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाव नहीं है और इसी बीच कार्ड ने मुझे मंदिर परिसर का वीडियो बनाते देख लिया और कहने लगा ऐ मोबाइल ए मोबाइल और मुझे भी वहाँ से जल्दी से भागना पड़ा